अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल कर लोग कर रहे हैं नफरत हमें तोड़ती है प्यार जोड़ता है हम एक ही मिट्टी के बने हैं लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया हम सबको इस सोच से उभरना